फैमिली देखिए हमारे यहाँ एक रैबिट है जो कितना क्यूट है बहुत अच्छा लगता है आइए हम सुमित शर्मा जी से मिलते हैं जो म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते हैं वो भी देखिए ये सुमित शर्मा जी हैं चलो सुमित शर्मा जी आप कौन सा म्यूजिक बजाएंगे हेलो गाइज आसो कैसे हैं हम हम आपको एक म्यूजिक सुनाएंगे आप ये म्यूजिक को गेज करिए कौन सा म्यूजिक है और हम आपको सिखा सुनाने जा रहे हैं म्यूजिक हम्म okay. okay. okay. okay. देखिए ये हैं सुमित सुमित जी म्यूजिक बहुत अच्छा बजा ले तो वो भी हारमोनियम भी इतने छोटे होकर भी इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता और हर म्यूजिक बजा लेते हैं इतने अच्छे से बजाते हैं कि हम लोग भी नहीं जानते <laughs> कैसे बजा लेते हैं ये चलो गैज अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना तो थैंक यू